अपने मन में अपने शरीर में अपनी भावनाओं में या अपनी ऊर्जाओं में योग कर सकते हैं या बस अपने बैठने और खड़े होने के तरीके से आप योग कर सकते हैं अपने दफ्तर में जब आप बैठे तो एक निश्चित तरीके से बैठें। देखिए आप में से ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं ठीक है आपको समझना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया में जो बुनियादी बदलाव हुए विकास क्रम में यह महत्वपूर्ण चरण आए रीढ़ नहीं थी पर विकसित हो गई इसका अर्थ है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अधिक जटिल और व्यवस्थित हो गया तो एक ढांचा जरूरी हो गया विकास की प्रक्रिया में एक और अहम प्रगति ये हुई कि रीढ़ क्षयतित से सीधी खड़ी हो गई बड़ा बदलाव रीढ़ के सीधा होने के बाद ही मस्तिष्क का यह फूल विकसित हुआ तब तक यह छोटा सा था तो आपकी बुद्धिमानी के मुख्य कारण है वो न्यूरोलॉजिकल विकास जो आपकी रीढ़ के अंदर हुआ और रीढ़ की सीधी प्रकृति आप सिर्फ इतना योग करें जहां भी आप बैठे चेतनता में अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें। अगर आपके कंधे दुखते हैं क्योंकि वो मजबूत नहीं है तो उन्हें सहारा दें बस जब भी संभव हो इस तरह बैठें। कम से कम दिन में तीन घंटे सजग रहें, सिर्फ ऐसे बैठे आप देखेंगे कि आपकी कई चीजें बदल जाएंगी सिर्फ मुद्रा नहीं जिस तरह आप सोचते महसूस करते और जीवन को अनुभव करते हैं वो धीरे धीरे बदलने लगेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं कि ऐसे लेकिन आज आपके सारे फर्नीचर का डिजाइन अमेरिका से आता है जिस पर बैठकर आप कुशन में घुस जाते हैं <laughs> देखिए एक मांसपेशियों और अस्थि पंजर का आराम होता है और एक भीतरी अंगों का आराम होता है उदाहरण के लिए आप ऐसे बैठे हैं अभी अभी आप खाकर आए और आपको ऐसे बैठने का मन हुआ आपको समझना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण तो अंग इस हिस्से में है वो एक जगह जुड़े हुए नहीं है वो सभी नेट में झूल रहे हैं अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सभी इस तरह एक के ऊपर एक गिरेगे उनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा आप बस इस तरह बैठें, वो अलग अलग झूलते हुए अपना काम करते रहते हैं ऐसे बैठने से काम बिगड़ेगा तो खासकर भोजन के बाद आप इस तरह लेटते हैं तो सब कुछ भीतरी अंगों पर बहुत भार पड़ेगा और वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो योग हमेशा अंगों के आराम पर ध्यान देता है क्योंकि आपकी बुनियादी सेहत आप कितना लंबा जीते हैं, और आपका सिस्टम कैसे काम करता है ये ही के स्त्रावों और काम पर निर्भर है। इसीलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखिए अपने दफ्तर में ऐसे बैठिए आप देखेंगे कि दो तीन सप्ताह में आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा इतना योग तो आप कर सकते हैं टिप नंबर वन हमेशा बैठते समय अपनी रीढ़ सीधी रखें अगर हमेशा ऐसा करना संभव न हो तो दिन में कम से कम तीन घंटे सजग होकर सीधा बैठे सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि की यह आपकी मृत्युशैया है आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनट और है पीछे मुड़कर देखें कि आपने आज जो किया क्या वो सार्थक है सिर्फ ये आसान अभ्यास करें। और आप नहीं जानते कि यह असल में कब होगा आप मृत्युशैया पर बैठे होंगे या अस्पताल में लेटे होंगे और कई तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी किसे पता वो कैसे होगा पर रोज इसका आनंद ले कि आप अपनी मृत्यु सैया पर बैठे हैं पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है है क्या वो सार्थक है? क्योंकि अब two, सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करें तो आप जैसी ध्वनियों में जागते हैं वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेंगी तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जिस तरह के विचार और भावनाएं अपने अंदर रखते हैं और आपने अपने शरीर में जीवंतता का जो स्तर बनाए रखा है उससे तय होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है मान लीजिए आपको तीन माफ कीजिए मान लीजिए आपको आठ या बारह घंटे की नींद की जरूरत है मैंने गलत संख्या बोल दी <laughs> आपको जितनी भी नींद चाहिए आप अपनी जरूरत जानते हैं so तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं तो अगर आपके पास कोई मंत्र है अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टिप नंबर थ्री कोशिश करें बिना अलार्म टूटने की अगर अलार्म लगाना आवश्यक हो तो अलार्म अलार्मी का चुनाव सोच समझकर करें अगर आप इसके लिए वैराग्य मंत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में जाकर दी गई लिंक पर क्लिक करें शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है जो शरीर में जीवन भरता है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 इसके बाद दाईं करवट लेते हुए खड़े हुए आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग ढाई लाख लोग नहीं जागेंगे प्राकृतिक मृत्यु के कारण मान लीजिए आप कल सुबह जागे आपकी गारंटी है क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए कोई गारंटी कार्ड नहीं तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं बस इतना कीजिए मैं बता रहा आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है कल सुबह जब आप आप आप तब जांचिए वाकई जगे जगे हैं हैं या मर गए अगर आप तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं ढाई लाख लोग मर गए वो आपकी और मेरी तरह थे उड़ गए है ना कहीं भी देखिए वो नहीं मिलेंगे यहां मैं अब भी जीवित हूं एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे मैं मैनेज करने की बात कर रहा अगर लाख लोग मर गए तो कम से कम तीस से पचास लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया आप उन तीन चार पांच लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं वो सभी आज जिंदा है एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं अगर मान लीजिए अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं क्या आप राहत महसूस करेंगे नहीं आप डर जाएंगे है ना तो जीवित होना इतना कीमती है, है कि की नहीं आपका जीवित होना इतना कीमती है तो कल सुबह ढाई लाख लोग रात में मर गए मगर आप अब भी जीवित हैं क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए और सभी लोग जो आपके लिए मायने रखते हैं वो सब आज जीवित हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट